सर काई? सर काय हमें अपने बब्बा को खाता बंद करवाऊंगे लो जे है बब्बा के लिए आ जाओ बब्बा तो अब चले गए काय कहां रहने लगे का तो ले अरे पगे मोर बाबा मारेगा मैं कहां से ले आऊंगा मैं कैसे मार्ग मारगा पास कछू सबा मारगा अजय मोरे बाबा की आती किलो आदमी देख मोरे बापा की आतियाँ चिल्ला चिल्ला कह रहे मोरे सात सौ रुपया दे दे सुनाई नहीं दे <स्थाथ> इसे के देखे दो हाथा तो की बेचीती करी।, करी तेने जब सारे जब लंबे आते तो दो हाथ को कैसे मोरे पापा आठ हाथ लम्बे आते मोरी बात को घमन में पैसे देते नहीं तो मैं तो मार दे तेरा बार बोर नहीं पड़ो हम जैसा लेके देख रहे बे तो मैं ले, ले तो उसे, ये कितनी से बैंक लेकिन मार पैसा ले तो मार ना देते मोरे बैसे मटका हट्टी देखने